लोग आए तो कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे मैं हूं नितेश मिणा और आप देख रहे हैं नितेश मिणास वो लोग मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब पर नया हूं यह मेरा प्रश्न हो रोग तो आई होप आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं मैं कोई बाहर रहने वाला तो हूं नहीं मैं यहीं एक विलेज का रहने वाला हूँ तो मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं लेकिन अपने खेतों का थोड़ा बहुत वीडियो बता सकता हूँ so सो गाय आपको ये चेहरा YouTube पर नया लग रहा होगा बेशक सी बात है नया लग रहा होगा मैं भी से ब्लॉगिंग करूँगा तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ाएं। सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं आगे फेमस नहीं हो पाऊँगा आगे जा तो हमेशा नहीं सोचना चाहिए वो जो पहले के ब्लॉगर हैं उनने भी तो ऐसे ही कोशिश की थी जब भी तो वो आगे बढ़ें हम भी ऐसे ही कोशिश करके आगे बढ़ें तो आप डीमोटिवेट ना हो और व्लॉग्स बनाते रहें बस इतना ही कहना चाहता हूँ और आप हेल्प करें फिर मैं आप